लौकी का सेवन बिल्कुल भी मनाही है शास्त्रों में यदि आप लौकी खाते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि आप गोमांस समझिए खा रहे हैं तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा है दर्शकों तो अष्टमी तिथि को नारियल और नौमी तिथि को लौकी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए योग रहेगा अतिगण्य इसके उपरांत सुकर्मा योग रहेगा रविवार दिन रहेगा तो पश्चिम दिशा की ओर दिशाफूल होता है दिशाफूल का मतलब होता है कि दिशा में शूल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 और आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ करते हैं तो धन का आगमन बना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा पांच शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा तो ये तो था हमारा मिस से लेकर के मीन राशि तक का राशि फल प्लीज आप लोग लाइक कीजिए नए हैं तो सब्सक्राइब बगल में बना बेलाइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करने में कंजूशी मत कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और अठारह उन्नीस अक्टूबर को दिल्ली में मिलना ना भूलिए